यान यार सपम से तो याद दिला धरती माँ हमारी बाटना की पावर के है। में भुला गया। अगर मैं करता तो पूरी तो रास्त याद है लेकिन भुला जीवे से गारंटी लेकिन भारत सरकार मोदी लोकेशन चालू कर एंड्राइड मोबाइलो है और, और देखिए चार्ज चार्ज में लगाकर अभी लेना। तो बहुत बड़ा समझ थी। ये सहिंसा तो की कदम हम हाँ लेके तो आज पहचान तो से जय <laughs>